साथियों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नौ फरवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है अब आपको ये जानना होगा कि आपकी चंद्र राशि क्या है तो कई विद्वान लोगों को पता होगा जो कि ज्योतिष के जो है जानकार हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तथा तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो जिन लोगों को भी नहीं पता है आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने बर्थ का समय यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ है और आपका जन्म किस स्थान पर हुआ है अर्थात बर्थ प्लेस तो इन तीनों चीज़ों को आप कमेंट कर दीजिए और हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों को आपकी चंद्र राशि बताएँ तो दर्शकों ये जो है राशिफल चंद्र राशि पर आपके आधारित है शास्त्रों में भी देखिए कहा गया है कि देशी ग्रामे गृह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरें जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतित तो जब भी आप राशिफल देखिए विवाह उत्सव के कार्यक्रम करिए और भी जो भी मांगलिक कार्यक्रम आपके यहाँ हो तो उसमें अपनी जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि को मत देखा करिए जन्म राशि ही दर्शकों एकोरेट आपका राशिफल बताती है तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग क्योंकि पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के ये पांच अंग हैं कौन कौन से पंचांग के ये पांच अंग हैं तिथिवार नक्षत्र योग करर इन पांच अंगों से मिल करके पंचांग पूर्ण होता है एक आप लोगों के लिए जो है सरप्राइज है सरप्राइज ये है कि नौ तारीख को रात्रि दस से ग्यारह बजे मैं स्वयं उपस्थित लाइव हूँ जो दर्शक हमसे बात करने में अक्षम है फीस दे करके नहीं कर सकते हैं तो वो लोग हमसे जुड़ करके बात कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि किन्हीं एक प्रश्नों का ही हम आपके उत्तर देंगे और उसका समाधान भी बताएंगे तो एक प्रश्न से अधिक हमसे जो है आ, मतलब एक प्रश्न से ज़्यादा मत पूछिएगा ये आप लोगों से निवेदन है तो 9 तारीख को आप लोगों को रात्रि दस से ग्यारह बजे तक इसी YouTube के चैनल एस्ट्रोविद आशीस पर लाइव हमको जो है देखना है दस बजे मैं लाइव हो जाऊंगा और एक घंटे तक मतलब महा एपिसोड होगा कई लोगों के प्रश्नों का सवाल लेंगे कम से कम 20-25 कुंडली तो देखेंगे एक घंटे में तो आप लोग अपने मोबाइल पर रिमाइंडर लगा लीजिए कैलेंडर हो उसमें नोट कर लीजिए और हमसे लाइव जुड़ जाइएगा हमने आपको देखिए एक दिन पहले ही जो है सूचना दे दी है तो आज आप लोग जो है लाइव हमसे जुड़ सकते हैं पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबत्त दो हजार छहत्तर तक माघ मास है और जो आज दिन रहेगा ये रविवार दिन रहेगा जी हां भगवान भास्कर का दिन रहेगा 9 फरवरी जो है आज डेट रहेगी सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर इक्यावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच मिनट पर तिथि दर्शको जो दर्शकों जो रहेगी ये रहेगी पूर्णिमा जी हां फुलमून तिथि रहेगी और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं दर्शकों पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में लिखा हुआ है कि कांसे के पात्र में किसी भी प्रकार का जो है सेवन किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए काँसे की कटोरी में किसी भी चीज़ का सेवन मत करिएगा दूसरा रेड कलर के जितने भी साग होते हैं ये वर्जित होता है खाना तीसरा दर्शकों पूर्णिमा वाले दिन किसी भी प्रकार का नॉनवेज हो गया एल्कोहल हो गया या आप लोग जो मध्यपान, धूम्रपान कह करते हैं इन चीज़ों की करने की मनाही है ब्रह्मा वैवश पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है वही दोपहर एक बजकर तीन मिनट के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी प्रतिपदा को कुष्मांड का सेवन नहीं करना चाहिए ये भी पुराण में लिखा हुआ है नक्षत्र रहेगा अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेगा दोनों ही दर्शकों देखिए गणमूल नक्षत्र है अश्लेषा बुद्ध का नक्षत्र है वही मघा जो है ये केतु का नक्षत्र है करण रहेगा वालव और अंतिम करण रहेगा कौलव योग रहेगा सौभाग्य इसके बाद शोभन योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं तो आज का जो शुभ समय रहेगा ये ग्यारह बजकर अट्ठावन मिनट से लेकर के दोपहर बारह बजकर 42 मिनट तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा शाम को दर्शकों एक आपको अमृत काल मिल जाएगा अट्ठारह बजकर 16 मिनट से लेकर के उन्नीस बजकर 42 मिनट तक की वही अशुभ समय पर आ जाते हैं तो आज का जो राहु काल रहेगा ये शाम को चार बजकर 27 मिनट से पाँच बजकर उनचास मिनट तक का राहुकाल रहेगा चंद्रदेव देखिए दर्शकों चलायमान जो रहेंगे ये स्वराशि कर्क कर राशि में चलायमान रहेंगे शाम को सात बजकर तिरालीस मिनट तक की इसके बाद ये सिंह राशि में इनका जो है ये चले जाएंगे इनका प्रादुर्भाव हो जाएगा सूर्यदेव कैप्रिकॉन मकर राशि में चलायमान है अच्छा रविवार दिन और दिशाशुल की बात ना करें तो ऐसा कहा हो सकता है पश्चिम दिशा की ओर आज दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा यदि करनी पड़ जाए तो आपको क्या करना होगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है पान का सेवन करके तब यात्रा करिए उसमें आपको सफलता मिलेगी घी का सेवन कर सकते हैं थोड़ा सा गुड़ खा करके आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग बहुत ही विस्तृत हमने आप सभी लोगों को बताया है और एक लाइक के तो हकदार है ही हैं तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अब बढ़ते हैं राशि फल पर और राशिफल पर जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है एरीश अर्थात मेष राशि देखिए मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा घर में खुशी का माहौल बनेगा और कुछ रिश्तेदार भी आज आपके घर पर आ सकते हैं आज आपका स्वास्थ्य का पाया बड़ा अच्छा रहेगा मजबूत रहेगा लव लवमेट के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है काफ़ी खुश रहने वाला है आज किसी नए वाहन इत्यादि की प्राप्ति होती हुई या भूमि की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है लग्जीरियस चीज़ों से जुड़े आइटम आज आपको मिलेंगे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिल सकता है या आज आप कुछ अपने धन के द्वारा क्रय कर सकते हैं साथ ही साथ करियर में सकारात्मक परिणाम छात्रों को आज मिलेंगे आज का दिन वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखने का दिन रहेगा वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो शाम के समय स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है साथ ही साथ आज प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं आ, उनकी मदद से आज आपके कई काम जो है पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुल मिलाकर के जो समस्याएं चली आ रही हैं आज इनका निश्चित ही मेष राशि के जातकों को हल मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए साथ ही साथ आज गाय को आप लोग रोटी में गुड़ डाल कर, मिला करके और गाय माता को जरूर खिलाइएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा तीन अगली जो राशि आती है ये आती है वृषभ राशि जी हाँ इसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र बनते हैं तो वृषभ राशि के जात को आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा अपनी काबिलियत से आज आप सभी काम को सरलता पूर्वक पूरा कर लेंगे आज आपके दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य काफ़ी उत्तम रहेगा सेहत भी आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी नए लोगों से मुलाकात आज आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी आज आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत रहेगी कोई गलत विचार आज आपके दिमाग में ना आ पाए इसका आपको ध्यान रखना है आज आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा परिवार वालों के साथ आज कहीं अचानक घूमने का प्लान आप लोग बना सकते हैं लेकिन यात्राएं करते हुए अपने अपने लगेज का का सामान ध्यान जरूर दीजिएगा। राशि आज आज के, के, के जातकों तो आज आप लोग जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए साथ ही साथ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच नमक को एवॉइड करिए माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर भी आपके लिए देखिए ऑरेंज रहेगा और शुभ अंक रहेगा एक अगली राशि पर चलते हमारी अगली राशि आती है जयमिनी जी हाँ मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा आज आप अपने सहपाठियों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं कैरियर में तरक्की के मामले में रुकावटें आ सकती हैं लेकिन सोच समझ करके कुछ फैसला लेने पर जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आज आपको किसी भी तरीके के बाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए साथ ही किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करने से भी आज आपको बचना होगा इसके अलावा लमेट के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आज मिथुन राशि के जातकों को बचना होगा ज़रूरतमंदों को आज कोशिश कीजिएगा कि पका हुआ आप लोग चावल खिलाइए मीठा चावल या खीर आप लोग खिला सकते हैं या कुछ छेने से रिलेटेड जो है संबंधित सामग्री आप लोग गरीबों में बांट सकते हैं साथ ही साथ आज आप लोगों को गाय को मसूर की दाल खिलानी होगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छ अगली राशि पर बढ़ते हैं अगली राशि आती है कर्क राशि क्योंकि चंद्रदेव आपके ही जो है अपनी राशि में आपके स्वामी जो है चलायमान है तो कुल मिलाकर के दिन तो आपका बहुत अच्छा रहेगा मिला जुला रहेगा और आज आपको किसी बड़े मामले में कोई डिसीजन यदि लेना पड़ सकता है तो ले सकते हैं साथ ही साथ आज, आज आप अपने कार्यों में सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे आज कोई तीसरा आपके काम में रुकावट डाल सकता है आपको ऐसे लोगों से बचना होगा सरकारी नौकरी वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा कारोबारी लोग किसी डील के लिए शहर से बाहर जाएंगे ध्यान रहे काम के चक्कर में अपनी सेहत बिल्कुल जो है आप लोग उसको अनदेखा मत करिएगा अपनी सेहत का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा जो लोग कंपिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा उसमें वो लोग सफल हो सकते हैं रोजगार के नए सु अवसर कर राशि के जातकों को प्राप्त होंगे कोई नए प्रेम संबंध की शुरुआत आज के दिन हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मीठा चावल आज गाय कुत्ते कौए को आपको खिलाना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है सिंह राशि जी हाँ सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव को आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों के राजा हैं ग्रहों के माई बाप है इनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है तो जब आप लोग राजा को ही सेटिस्फाइड कर लेंगे तो आगे किसी को पूछना ही नहीं है तो सिंह राशि के जात को आज आप अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगाएंगे आप अपनी बात जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करें उनसे आपको आज पूरा -पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन खर्चों पर काबू रखने के आज, आज आप माता पिता से सलाह लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी नौकरी पेशा लोगों को आज अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आज का दिन आपको मुनाफा देने वाला रहेगा आज आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी पारिवारिक जीवन में आनंद आएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है देव के गायत्री मंत्र का 108 बार भगवान भास्कर के सम्मुख बैठ करके जाप करें यह पहला काम रहेगा दूसरा काम आज आपको करना क्या रहेगा तो दूसरा काम ये है कि तांबे के पात्र में आज, आज आप लोग जल का सेवन करिए आपके अंदर सतोगुण का विकास होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक कन्या राशि की ओर चलते हैं तो कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन उत्तम रहेगा रुके हुए कामों को पूरा करने में आज आपके मित्र आपकी सहायता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ मित्रों की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियाँ आएंगी जिन्हें पूरा करने में आज पूरी तरीके से सफल रहेंगे ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से आज आपको पूरा सहयोग हो प्राप्त होगा आपके दिमाग में कुछ अच्छे विचार आएंगे जिससे आज आप अपने कार्यों को और अच्छे से पूरा कर पाएंगे सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आज आपको और तरक्की के आज नए रास्ते खुलेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग तुलसी की माला जो है धारण कर लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथ ही साथ आज आप लोग गाय को गुड़ और मसूर की दाल ये जरूर खिलाएं आपके लिए शुभ कलर रहेगा ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा दो लिब्रा तुला राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आप परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं आज आपको किसी अजनबी से अपनी बातों को शेयर करने से बचना होगा कुछ कामों में रुकावट आने से आज, आज आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आज जीवन साथी के साथ समय बिताने से आप दोनों के बीच जो रिश्तों में कड़वाहट चली आ रही थी ये दूर होगी अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं और आज कारोबार में आपके बरकत होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी वृद्ध आश्रम में जो है जाना है और आज आपको चने की दाल का दान करना रहेगा ये कर लीजिएगा यदि वृद्ध में नहीं जा सकते हैं तो बुजुर्ग लोगों को पका हुआ भोजन आज के दिन जरूर खिलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा सात स्कॉर्पियो की ओर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज वृश्चिक राशि के जातकों आपका दिन अच्छा रहेगा आज आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा किसी खास व्यक्ति से आज आपको कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आपके कार्यों की आज प्रशंसा होगी परेशानियों का समाधान भी आज पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी पेशा महिलाओं पर आज कार्यभार कम रहेगा आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो तय समय पर पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कैरियर से संबंधित कुछ नए सुअवसर प्राप्त होंगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आज आप सफल होंगे आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा सब चीज़ें अच्छी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है किसी गरीब को तांबे से बनी हुई कोई वस्तु का दान कर दीजिए मसूर की दाल सवा किलो लेकर के दान कर सकते हैं सवा किलो गुड़ का दान कर सकते हैं कुमकुम -कुम का दान कर सकते हैं जो मौली कलावा बांधा जाता है इसका दान कर सकते हैं तो ये आप लोग करिए साथ ही साथ भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज लाल अर्थात रेड कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक चलते हैं हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती आती है सेजिटेजियस जी हाँ धनुराशि तो धनुराशि के जातको आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज पुराने किसी जो है मतलब पिछड़े दोस्त से आपको मुलाकात हो सकती है मन में बहुत ज्यादा खुशी रहेगी और हो भी क्यों ना क्योंकि पुराने दोस्त हैं ऑफिस में काम करते समय बचपन की कोई याद आज ताजा होती हुई दिखाई पड़ रही है काम को लेकर के आज आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा शानदार रहेगा जानदार रहेगा उच्चाधिकारी आज आपके काम की तारीफ करेंगे आज आपके काम से खुश होंगे आज आपको अचानक कहीं से धनलाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ आज परिवार में भाई या बहन से थोड़ा सा आपका वाद विवाद भी, भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा धनु राशि के जात माफ करिएगा तो धनु राशि के जातकों देखिए आज आपको करना ये रहेगा कि विष्णु सहस्त नाम का पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन केसर का तिलक मस्तक जिभा नाभि पर लगाइए और खाने में किन्हीं ना जो है किन्हीं ना किन्हीं रूप में आज आपको केसर लेना पड़ेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा धनुराश के जात को ये रहेगा लाइट ऑरेंज कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि तो मकर राशि के जात को आज आपका दिन बढ़िया रहेगा सभी काम में आज आपको सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी आपको किसी समारोह में जाना पड़ सकता है किसी वैवाहिक समारोह में प्रतिभाग कर सकते हैं आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है वहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं और जीवन साथी आज आपकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आज आपके जीवन साथी के तरक्की होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ जो मकर राशि के जात जो है जातक के छात्र हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है कार्य कर रहे हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए सलाह है कि आज, आज आपका एग्जाम बेहतर होगा लेकिन जल का अधिक से अधिक, से अधिक सेवन करके तब जाइएगा और गुड़ का सेवन करके जाइएगा साथ ही साथ आज कैप्रिकॉन को नई नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होंगे कार्य क्षेत्र में इनको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पूर्व में जो इन्होंने किसी को धन उधार दिया है वो वापस आज इनको मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है पंछियों के लिए अपने छत पर थोड़े बहुत जो अनाज जैसे गेहूँ हो गया चावल हो गया दाल हो गया ये सब जा करके बिखेर दे बड़ा पुण्य आपको मिलेगा साथ ही साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ उन्हीं के सम्मुख बैठ करके करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा छः हमारी जो अगली राशि आती है आती है एक्वायस जी हाँ कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा ऑफिस में आज कुछ दोस्तों के सहयोग से आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज कहीं घूमने फिरने पिकनिक पर आप लोग पहल जा सकते हैं जो स्टूडेंट विदेश में एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है वो लोग आज अपना फॉर्म भर सकते हैं लेकिन जो हमने समय बताया है पंचांग में 11 से 12 बजे के बीच में तो उसमें भरिएगा आज पूरे दिन खुद को आप लोग तरोताजा महसूस करते हुए दिखाई पड़ना है किसी धार्मिक आयोजन में आज आपको जाने का सुअवसर प्राप्त होगा आज करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएँ होंगी बिजनेस में आज काम से जुड़ी हुई कोई यात्रा आपकी हो सकती है आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है गैस वगैरह की आपको दिक्कत हो सकती अपच की शिकायत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोगों को ज़रूरतमंदों को पका हुआ भोजन खिलाइए साथ ही साथ भगवान के गायत्री मंत्र का एक सौ बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों प्लीज आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए मीन राशि के जात को आज आपका दिन सामान्य रहेगा सोचे हुए सारे काम आज समय से आप लोग पूरा करते हुए दिखाई पड़ेगा आज दोस्तों के साथ किसी खास मामले पर बातचीत हो सकती है आर्थिक स्थिति को थोड़ा संभालने की जरूरत रहेगी आज आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस में जरूरी कामों की योजना बनाएंगे कार्यक्षमता में आज आप लोगों के विकास होगा अपने कार्यों में आज आप लोग सफल होंगे आज आपको अपने से बड़े लोगों से कुछ सीखने का मौका प्राप्त होता हुआ दिख रहा है जो आपको भविष्य में काम आएगा कोई भी मौका आज आपको गवाना नहीं चाहिए सेहत का जो है थोड़ा सा ध्यान आपको रखना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन अग्नि भय आप लोगों को दिखा रहा है तो जो महिलाएं किचन में काम कर रही हैं उनको गैस वगैरह से या जो भी स्टोव पर या जो भी जो है अग्नि से रिलेटेड का जो है चीज़ें हैं इनसे बहुत ज़्यादा संभल कर रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग गाय को मसूर की दाल और गुड़ जरूर खिलाइए साथ ही साथ चंदन की चंदन का तिलक आज आप लोगों को मस्तक पर लगा करके रखना रहेगा और उगते हुए सूर्य की भगवान भास्कर की आराधना करनी रहेगी सूर्यदेव को अर्घ देना रहेगा जल में लाल कुमकुम मिला करके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा स्काई ब्लू कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ तो दर्शकों ये तो था हमारा मेह से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार